लीजे गणपति के पाता गुरु वंदना लीजिए गणपति वंदना के पश्चात गुरु वंदना व्यक्ति के, के जीवन के में हमेशा अंधेरा रहता, रहता है और उस अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला हमारा परम गुरु है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपना एक इष्ट गुरु अवश्य रखना चाहिए ताकि जब भी हम रास्ता भटक जाएं अपना पथ भटक जाए तो वो हमें एक निश्चित मार्ग की ओर रास्ता दिखाए गुरु वंदना में ये कहा है कि अपने जीवन में गुरु के बिना घोर अंधेरा है आ गुरु बिन माला पीरिता हेलो हेलो हेलो गुरु बिन भरता ध्यान गुरु बिन गुरु बिनी दान दी जी कहताबेद पुरा साधु रे साधुरे गुरु दिन गौर अंधे आलो, आलो, आलो, आलो. जब तक कन्या रहते कवार प्रथम पंक्ति में बताया है कि जब तक कन्या रहती कुमारी ना ही पुरुष का बेटा जब तक कन्या कुमारी रहती उसके पति का उसको पता नहीं रहता कि मेरे मेरा पति कौन है की ना भी मे बस कस तू की नापि में बस कस तू ना ही हिरण I put. चोट लगे सपदारी चगमक चोट दिया पूरा दिया जग जग सारा, दिया जग सारा। दिया कहते कबीरा सुनो भाई पैसा दो मिट जाए परम अध गो